सो है सपना मेरा करू मैं कोशिश पूरा सो है सपना मेरा करू मैं कोशिश पूरा सपने की कोशिश पे दिन रात लड़ता हूँ लोगों से जो कहते हैं क्या होगा तेरा क्या होगा तेरा तू जो भी करता है लगता है बुरा फिर सपना समझ के मैं सो गया जो भी करता है लगता है बुरा फिर सपना समझ के मैं सो गया काले अंधेरे में खो गया दिन के उजाले में गुम हो गया गुम हो गया किसी का ना साथ था मेरा कभी हाथ आया मेरा मा का तभी किसी का ना साथ था मेरा कभी मेरा मां का तभी ये लोग लोग कहते कुछ कुछ होगा नहीं नहीं, नहीं, नहीं प्रूफ करना तुम तुम <गताँगी> तुम सही नहीं। तुम सही सही मैं सबको काफी कुछ है मेरे मन में, मन में। करने की कोशिश इन रातों पे, <गताँगी> काफी कुछ है मेरे मन में करने की कोशिश इन रातों पे। मरता हूं मेरा करू मैं कोशिश पूरा सो है सपना मेरा करू मैं कोशिश पूरा सो है सपना मेरा करू मैं कोशिश पूरा सो है सपना मेरा